नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पतंजलि का कॉलेज जहां मैं दूंगा आपको बहुत सारा नॉलेज दोस्तों अगर आपके शरीर में गर्मी बढ़ गई है अगर आपको गर्मी से संबंधित शिकायतें हो रही है तो दोस्तों ऐसे में मैं आपको एक बहुत ही अच्छा योगासन बता रहा हूं इस आसन को अगर आप करते हैं तो आपके शरीर से जो गर्मी है वो खत्म हो जाएगी शरीर की जो गर्मी है वो खत्म हो जाएगी इसको बोलते हैं दोस्तों शीतकारी आसन या शीतलहरी आसन ठीक है तो शीतकारी आसन को हमको कैसे करना है देखिए हमें हमारे जीवन को फोल्ड करना है और हवा को अंदर खींचना है स्पीड से देखिए मैं आपको बताता हूं बस ऐसे जीवन को फोल्ड करना है और हवा को अंदर की ओर खींचना है अगर आप ये करते हैं दोस्तों तो आपके शरीर की गर्मी खत्म हो जाएगी उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा इसको सभी दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए अपने WhatsApp के स्टेटस पे लगाइए और हमारे चैनल पतंजलि को कॉलेज को सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगले वीडियो में जल्द मिलेंगे तब तक लिए जय